आप में से 99% नाइन परसेंट यूट्यूबर इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ सीख नहीं पाओगे क्योंकि दोस्तों आप वीडियो स्किप करके देखते हो वीडियो को दोहरा के देखते हो सिर्फ मेन मेन पार्ट देखते हो आप आपने जो समझाता हूं जो मैं बताता हूँ इस वीडियो में वो आप सुनते नहीं हो समझते नहीं हो तो आप मेन पार्ट देख के क्या करोगे यार आपको पूरा देखना पूरा वीडियो देखना पूरा स्किप मत करना आपका चैनल का सब्सक्राइबर और व्यूज दोनों इंक्रीज होगा दोस्तों नाइनटी यूट्यूबर इसका सबसे बड़ा गलती है की इसकी वजह से इसका चैनल पर सब्सक्राइबर और व्यूज इंक्रीज नहीं होता तो तो वो क्या गलती करता है वो वीडियो अपलोड करता है वीडियो वीडियो वीडियो अपलोड करने के के के के के बाद उसका उसका सबसे पहला काम क्या दोस्तों दोस्तों दोस्तों सब सब पास पास पास पास शेयर शेयर शेयर शेयर करना के पास शेयर करना के पास शेयर करना करना फैमिली हर किसी वो आप लोग करते होना लिंक कॉपी करते हो व्हाट्सअप्राम पे जगह शेयर कर देता देते नहीं करना आपको समझाता हूँ समझना ठीक है अबे अबे क्या आप लोग भी करते होंगे आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोगों का व्यूज है ना कहां होगा में काउंट होगा यानी यूट्यूब पता यूट्यूब पा को मालूम चल जाएगा ये आपका व्यूज कहां से आया है व्हाट्सएप से आया फेसबुक से आया इंस्टाग्राम से आया कहा से गलती किया कर रहा है अभी तो मैं गोवा नेशनल रिच में चलाता हूँ रिच में जायानल में ज्यादा व्यूज आया मेरा अभी थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ तो अभी दोस्तों पंद्रह सौ भेजा इसलिए अभी व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पर व्हाट्सअप बिजनेस फेसबुक वो अच्छा है दोस्तों? आपका वीडियो का यूट्यूब शर्ट से बोरस फीसर से जो रिकमेंडेशन से अगर आपका वीडियो में स्टार्ट हो जाता है तो आपका वीडियो वायरल होने में ज्यादा चांस रहता है दोस्तों आज बताऊं दोस्तों आपको कैसे आपका वीडियो पे YouTube सार से लेके ठीक है इसको थोड़ा भी मत तो तो तो तो तो तो तो करना और दोस्तों करना को आप लोग कोई भी सवाल कमेंट कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हो तो आपको क्या कौरमजा बंगला कौर बजा बंगला तो यूट्यूब डॉट कॉम यूट्यूब डॉट कॉम लिखना दोस्तों तो तो आपका जो टाइटल है आपका जो टाइटल है वो टाइटल आप पेस्ट करना है सर्च करना जिसमें ठीक है मेरा टाइटल का मैं जो अपलोड किया टाइटल है वो सब्सक्राइबर कैसे ऊपर आपको क्या करना है आपका चैनल का नाम डालना है मैं भी चैनल का नाम डाल देता हूँ इंतजार टैक एंड टिप्स ठीक है दोस्तों में डालने के बाद सर्च कर देता सबसे ऊपर में मेरा पूरा वीडियो आयेगा जितना मैं एक वर्ड में वीडियो बनाया हूँ पूरा वीडियो आ जाएगा आ चुका है क्या है है है है पे पे क्लिक क्लिक क्लिक करना करना करना ठीक ये ऑप्शन में आपको अपने दोस्तों के पास नहीं करने का कहाता हूँ पहले नया टैब लेता हूँ नजर पे आपको सर्च करने दोस्तों सब फोन सब यूट्यूबर यूट्यूब व्हाट्सएप सब फॉर सब यूट्यूब व्हाट्सएप आपका ग्रुप आ जाएगा आप कोई साइन हो जाना ठीक है पूरा तो यूट्यूबर है कोई ये नहीं है पूरा यूट्यूबर का ग्रुप है आप कोई सा भी ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो सकते हो वो ग्रुप में जाके आप लोग आप लोग पेस्ट कर देना पेस्ट में आप लोग काम करना उसको समझो ऊपर का जो वीडियो है उस पर क्लिक करो ठीक है मैंने ऊपर में जो आपका वीडियो आएगा वो वो लिंक पेश कर प्राप्त को स्किप मत कर ले बहुत सारा तो ग्रुप फूल हो जाता है तो जो आपको जो ग्रुप खाली है जो ग्रुप में आप मतलब कोई आदमी नहीं है वो ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है ठीक है मेरा कोई काम का नहीं है मैं दो तीन ग्रुप ओपन देख लेता हूँ जो ग्रुप मेरा ओपन होता है उसमें जाके आपको दिखा कैसे आपका काम करता है ये पूरा सर्च सर्च में आपका व्यूज आएगा आपका जो इस्टेनल में, इस्टेनल नहीं आएगा, में नहीं आएगा व्हाट्सएप में नहीं आएगा वो ज्वाइन कर लेता हूँ ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ फुल हो गया है ज्वाइन कर लिया आपको आपका लिंक पेश कर देगा आपका लिंक लिंक लिंक पर आप पे कोई कॉपी कॉपी क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक करेगा तो तो तो तो मेरा एक बार मैं मैं मैं पहला भी ये लिंक किया किया में कर सबसे ऊपर वाला वीडियो को देखो सर्च हुआ तो है भेज देगा और पे पे भेजना है ग्रुप आप भेज दे कहा में कैसे दोस्तों जैसे आपका का का का जो जो आपका का है वो सबसे सब बड़ा यूट्यूबर है ले जैसे मैं आपको लेता ये टेक्निकल इसका उसके फ्लोर में जाता हूँ मैं आपको जैसा बताऊँ तो ऐसा करना यार आपका सब्सक्राइबर और व्यूज दोनों इंक्रीज होगा आपको आप हो आपको क्लिक करना तो उसका उसका जितना भी फॉलोवर है आप वो फॉलो नहीं करने तो आपको मैसेज में मैसेज करने को कर आपका कुछ भी नहीं जाएगा आपका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि देखेगा ना अगर दोस्तों आप लिंक पेस्ट करोगे लिंक सेंड करोगे तो यूट्यूब को मालूम चला जाएगा इसकी वजह से यूट्यूब आपका इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेगा किसी को आप पेस्ट करके भेजोगे तो आप को कुछ भी मालूम नहीं चलेगा कहाँ से इसका व्यूज आ रहा है सार्च से क्या आ रहा है वो आपको सर्च करेगा तो आपको वीडियो आएगा बट आप youtube को कुछ मालूम चलेगा वो youtube को मालूम चलेगा वो सर्च करके मंगाया इसको आप वीडियो का लिंक नहीं रहने का वीडियो का लिंक नहीं रहने का ठीक है ऐसा आप ऐसा कॉपी करके लिंक पेस्ट कर सकते हो दोस्तों और एक जगह दोस्तों वास्तव में आप अपना व्यूज बढ़ा सकते हो भी आपको बताऊंगा यूट्यूब यहाँ पे फेसबुक ओपन कर लेना फेसबुक यूट्यूब्राइबर फेसबुक ओपन यूट्यूब सब्सक्राइबर बहुत सारा यूट्यूब का ग्रुप आ जाएगा सब्सक्राइबर करने का ग्रुप में ज्वाइन में ग्रुप में ज्वाइन होता हूँ ग्रुप में ज्वाइन होने जा रहा है जितना भी यहाँ पे आदमी आया सबका सबका कॉमेंट बॉक्स में आपका लिंक पेस्ट कर देगा जो वहां से लिंक ऑपी किया पेस्ट कर देगा इससे क्या हुआ दोस्तों आपको कुछ नुकसान होने वाला नहीं है आपका कुछ जाएगा नहीं ठीक है वो सब्सक्राइब करेगा व्यूज देखेगा नहीं देखेगा उसका मर्जी आपको कुछ जाएगा नहीं अगर आप लिंक सेंड करोगे अगर वो नहीं देखेगा तो आपका नुकसान है क्योंकि YouTube को यूट्यूब को मालूम चल जाता है आप लिंक सेंड करते हो फिर भी इसकी वजह से भी आपका व्यूज नहीं आ रहा है आपका वीडियो को नहीं देख रहा है इसकी वजह से आपका वीडियो में व्यूज नहीं आएगा ठीक है दोस्तों अगर दोस्तों आप इस प्रकार जैसे मैं बताते हो ऐसा कर लेते हो दोस्तों तो तो आप, आप, आप तो बहुत सारा ग्रुप है आप ग्रुप में आ आगे आप सेंड कर सकते हो वो जो फोटो के नीचे कमेंट के नीचे आप सेंड कर सकते हो ठीक है तो आप लोग अगर इस प्रकार के अगर वीडियो शेयर कर देते हो तो आपका व्यूज सब्सक्राइबर दोनों इंक्रीज हो जाएगा ट्राई करके आप लोग वीडियो और वीडियो का लिंक तो बहुत शेयर कर लीजिए आप इस प्रकार एक बार ट्राई करे धरना ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में वीडियो का थोड़ा भी नॉलेज लगा तो एक लाइक कर देना मैं चैनल ऑल कर देना चलता जय हिंद असला